आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा वालदे यानी माँ बाप को इज़्ज़त देने के पैंतीस तरीके यानी उनके जो हुकूक हैं तो वो कौन से पैंतीस तरीक़े हैं और कौन से उनके हुकूक हैं हमने इससे पहले भी माँ बाप के हुकूक बतलाए थे कि साथ ज़िंदगी में हैं और साथ मरने के बाद हुकूक हैं लेकिन अब हम पैंतीस तरीक़े से और भी हकूक़ बतला रहे हैं तो नंबर एक वालदे की मौजूदगी में अपना फ़ोन दूर रखें जब माँ बाप की मौजूदगी हो वहाँ पर अपना फ़ोन दूर रखें मतलब यही कि फ़ोन चलाते रहें फ़ोन से दूरी अपने आप को बनाए रखें दूसरी चीज़ अब वो जो बात कहें उनकी बात को तोज्जह से सुनना है तीसरी चीज़ उनकी राय को मुकदम रखें मतलब वो जो राय दें उसी को ही हमें फॉलो करना चाहिए अब चौथी चीज़ है कि उनकी गुफ्तु में शामिल रहें मतलब माँ बाप कोई भी बात कर रहे हो हमें क्या है कि उन बातों से बेध्यानी नहीं होना बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुनना है इसी तरीके से पाँचवीं चीज़ है कि उनको इज्जत से देखें छठी चीज़ है उनके साथ बदाखलाकी से बात ना करें सातवीं चीज़ है उनके साथ अच्छी ख़बर शेयर करें उनके साथ जब भी ख़बर कोई बदलाने वाली हो तो अच्छी ख़बर बात ही बदलाएं उनको आठवीं चीज़ है कि उनको बुरी खबर बताने से परहेज़ करें नवी चीज़ है उनके दोस्तों के बारे में अच्छी बातें करें और उनसे महब्बत करें दसवीं चीज़ है कि उनकी कही हुई अच्छी बातों को अक्सर याद भी रखा करें अक्सर याद भी रखा करें तो ग्यारहवीं चीज़ है उनकी उम्र का अहतराम भी करें बारहवीं चीज़ है कि माजी की तलखियातों को माजी की तलखयातों को उनके साथ हरगिज़ शेयर न करें मतलब पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं तो अब वो बात दोबारा उनके सामने बिल्कुल भी ना कहें क्योंकि फिर वो शर्मिंदगी होगी उन्हें तो इसलिए इन सारी चीज़ों से हमें बचना है माजी की तलखिया यादों को उनके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है तेरहवीं चीज़ है उनकी मौजूदगी में दूसरी दूसरी गुफ्तु से परहेज़ करें मतलब जब वो मौजूद हैं तो हम अब किसी से बात न करें उन्हीं की बातों को सुने उनकी मौजूदगी में दूसरी गुफ्तु से परहेज़ करें इसी तरीके से चीज़ है उनके सामने अदब से बैठें चीज़ है उनकी राय या सोच के मुतलक ज़रा सभी हमें इख्लाफ़ नहीं होना चाहिए उनकी जो भी राय हो या जो भी सोच हो ज़रा सभी हमें उसके अपोज़िट नहीं जाना तो समझ में आ रही बात सोलहवीं चीज़ है जब वो बात करें तो उनकी बात को काटें ना सत्तरवीं चीज़ है कि उनकी दोहराई हुई बातों को इसी तरह सुनें कि गोया आप पहली बार सुन रहे हैं बज दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप बूढ़े होने की वजह से बातों को दोहराते बहुत हैं तो इसी वजह से आपको उसमें वो नहीं होना ज़्यादा टेंशन मतलब बेदहानी नहीं होनी चाहिए बस आपको इसी तरीके सुन लेना आप ये समझें कि यह पहली बार हम सुन रहे हैं इसी तरीके से चीज़ है, उनकी मौजूदगी में अपने बच्चों को भी ना डांटें और ना ही मारें इस काम से भी परहेज़ करें चीज़ है, उनके हुक्म और मंसूबे को कबूल करें उनके हुक्म और जो भी वो मशवरा दें उसको कबूल करें तो इसी तरीके से है बीसवीं चीज़ें उनकी मौजूदगी में सिर्फ उन्हीं की ही रहनुमाई लें उनकी मौजूदगी में सिर्फ उन्हीं की रहनमाई लें इसी तरीके से 21वीं चीज़ है उनके सामने अपनी बात को हरगिज कभी भी ऊंचा ना करें इसी तरीके से 22वीं चीज़ है उनके सामने खुद को बड़ा हरगिज जाहिर मत करें 23वीं चीज़ है कि उनको हमेशा इज्जत दें मतलब उनकी तजीम करें 24वीं चीज़ है उनके सामने अपने आप को कभी भी हमें थका हुआ जाहिर ना करें पच्चीसवीं चीज़ है उनके सामने बैठे हुए अपने पाओं को उनकी तरफ ना बढ़ाएं मतलब उनकी तरफ ना बढ़ाएं इसी तरीके से छब्बीसवीं है उनकी तरफ पीट करके भी ना बैठें सत्ताईसवीं चीज़ है जब वो खुद किसी काम का अपने आप को काबिल न समझे तो हमें यह कहें कि आप ही इसी काम के काबिल हैं ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि आप इस काम के काबिल ही नहीं हैं तो हमें उनको इज्जत देना इसी तरीके से है अट्ठाईसवीं चीज़ें कि कोशिश करें कि उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें ज़्यादातर दुआएँ करते रहना चाहिए उनतीसवी चीज़ है उनकी ग़लती और भूल पर कभी भी हंसना मती उनकी जो भी भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए उस पर हमें हंसना नहीं चाहिए इसी तरीके से तीसवीं चीज़ है हमें उनकी ज़ियारत बार बार करते रहना चाहिए बार बार देखते रहना चाहिए इकतीसवीं चीज़ है उनको मोहब्बत भरे नामों से पुकारना चाहिए बत्तीसवीं चीज़ है उनसे बात करते वक्त बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए नहीं कि वह जो हम लोग इस तरीके से अपने माहौल में बक रहे हैं वही बकते चले जाएं बल्कि थोड़ा तमीज़ से बोलें इसी तरीके से है तैतीसवीं चीज़ है उनको हर चीज़ में मुकदम रखें उनको हर चीज़ में मतलब आगे रखें इसी तरीके से है और क्या करें उन्हें तरजीह दें इज़्ज़त दें हर चीज़ में उन्हीं को आगे रखें और चौंतीसवीं चीज़ है उनसे पहले कभी भी खाना मत शुरू करें मतलब बाज़ ऐसा नहीं होता है कि आप खाना ही मत शुरू करें आप उनसे पूछ कि आप खाना खाएंगे अगर वो कहें नहीं तो आप फिर अपना खाना खा लें लेकिन उनसे पहले खाना ना शुरू करें इसी तरीके से है पैंतीसवीं चीज़ उनके साथ चलते हुए उनके आगे चलने या बढ़ने की हरगिज़ कभी भी ना सोचें जब आप चल रहे हों तो पीछे ही रहें बुज़ुर्गों से ये नहीं कि आप आगे जा रहे हैं तो ये हमने पैंतीस तरीके आप लोगों को गिनवा दिए वालदेन को इज़्ज़त देने के देखो माँ बाप बहुत बड़ा खजाना है माँ बाप बहुत बड़ा खजाना है अगर हमने आज इन लोगों की इज्जत कर ली तो फिर हमारी मरने के बाद इज्जती इज्जत है और ये इतना बड़ा ख़जाना है कि अगर ये ख़ज़ाना ज़मीन में दफन हो जाए तो अपने वालदान की हमें कदर महसूस होती है जब हम सोचते हैं ना कि हमारे सामने वालदे हैं तो हम नहीं कर पाते हैं और जब मतलब क्या होता है जब वफात हो जाती या मर जाते हैं तब हमें एक एक चीज़ों की इनकी बदलाई एहसास होती है एक एक चीज़ों का एहसास होता तो मेरे भाई अभी आपके सामने बहुत बड़ा ख़जाना है आपके पास माँ बाप की मौजूदगी है तो ये ख़जाना समझो इससे पहले कि ये ख़जाना ज़मीन में दफन हो जाए तो मेरे भाई अपने वालदे की कदर करो उनकी इज़्ज़त करो तो ये हमने पैंतीस तरीके बदलाए थे उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे